दोबारा ऐसी होली खेल तो आप देख सकते हो कैसी होली चल रही है मेरी मम्मी यहाँ पर मेरी मम्मी यहाँ पर होली बना रही है हमेरी बहन है यहाँ पर बैठी हुई है खाली और ये सारे गलिया सब सच चुके हैं यहाँ पर और आइए चलते हैं हम आगे की तरफ को बढ़ते हुए हो, हो अमन भाई बता यार किसी तो अरे भाई उनके होली देखो किसकी पेरी? अरे हो गया और हम जा चुके हैं अपने दोस्तों के पास तो देख सकते हैं आप हमारे कैसे काले काले हो रखे दोस्त आ हमारे यहाँ सभी आगे का देखते हैं आगे का सही है अच्छा आजा बड़ा तो भाई सब जल दिए अपने दोस्तों के साथ होली खेलने अब देख सकते हैं होली का अरे हल्की चला दो तो मजे आ जाते अरे उधर ही ये लोग क्या इनका कैमरा शूट होने ये एक हाथ हाथवा कलर का रखा तूने जीतू भाई जीतू भाई हैप्पी है अरे चल ले पुछ के यहाँ रंग लगाने पे है क्या कितने और हैप्पी होली दादी बढ़ाओ दुकान बढ़ाओ दुकान भाई और क्या है मेरे मेरे बच्चे बच्चे नहीं हैं होली तो खेल नहीं चल यही पर लगा देना एक मिनट हमें चल चल। तू में पहुँच चुके हैं अपने दोस्त के घर तो देखते हैं यार दोस्त है नहीं है हमारा इसका तो आंटी हैप्पी होली मैगी खाते हुए होली के दिन मैगी चल रही है तो तो तो तो तो It's <laughs> a